आज मैंने अपने आप से पूछा कि जिंदगी कैसे जीने मुझे मेरा पूरा कमरा ही जवाब देने लगा गया छत ने कहा ऊंचा सोचो पंखे ने कहा दिमाग ठंडा रखो घड़ी ने तो और ही कुछ कहा समय की कदर करो कैलेंडर बताता है वक्त की कदर करो पर्स ने कहा भविष्य के लिए बचा कर रखो